नहीं सोचो हलिया बड़ी धीरे रे भैया भा। भा। नहीं पहुंचे पर तो इंडिया फाइनल लावा मेरे रे भैया भा। पहला तो जब लाकिस्तान से वे सब नीर बोसन जीती भैया तो सर काम में चौबा वहा न्यूजीलैंड जीती गौरे भैया अरे अमर भारत एगो जीत लो से अरे गो जीत लो कटलैंड वास भैया भैया के पप्पा एक काटी हसवाजो बाइया बा तो, चुँगरे, चुँगरे, ए, काभी, काभी काभी, काभी तो ही नहीं जानी बस कर दिलाल है समझ हम बिकल है तू न जानी कितना बड़का इंडिया टीम के फंडवा की कर पाकिस्तान के नाम करो न तो बदलाव करे के चाहिए एक को गसुआ से वो हो नहीं बचल रहे अफगानिस्तान में सोचल की टीमा दुबई ऐसी किरण लौटते ये किरण नहीं कोई इंडिया के नाम से लेकिन अब दिलेन के रामवा भैया वाह! भारी कर, एक साल बाद फिर धुआत तो टेंशन मत ले, कर टेंकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान पहले जीत लोकटवा इंडिया के जाला लख एक साल में खोलो तो पीने के सी पीने के ना कहे बन लेना है इंडिया लॉकर ऐसी तो घर चलोगी तो आसन पानी दे दे विराट कोहली है हमारे अंदर इंडिया टीम के प्रति तो देशभक्तिया के है देखियो कि जब देखो की बजरंग बलि बनिया ऐसी ज़्यादा देशभक्ति बाबू जो वहाँ तेरह फीट बर्फा जमन है न जहाँ सब खड़ा वहाँ दू घंटा की ड्यूटी रो आदमी ड्यूटी करता कर तब देशभक्ति खेलो दुबई में हमे पैसा ऐसी आज तक नब शहीद हो आज तक अपना दिल से कांजन न चुप चुप रह कर बहुत बड़ी दिक्कत है भारी इलाज ना पा ये हालत हो तो मैच के चक्कर में हरबम तो हरबे कर लो आशा लगा ला की अफगानिस्तान जीतता है घतना भैया अफगानिस्तान के हरा पारेगा चुप रहो पाकिस्तान के करिए आप पाकिस्तान के कैसे पाकिस्तान पाकिस्तान इंडिया अभी अच्छा न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड के पाकिस्तान वाला बात जनवल ही आदमी घर आदमी तरी कर इ सब मैच है मैच के बाद रहे स्वीटर वो टीम ले